शायर की तरह अपने ख्यालों को पेश करूंगा मैं मैं जन्म निभाना है है इसलिए तेरी तेरी कड़वी बोली को भी मैं। साथ मरने का वादा तो हर कोई करता है। बस सांसों में मेरा नाम हो यही चाहूंगा मैं ओ भाई गर्लफ्रेंड से ज़्यादा प्यार तो आपकी पर आता, है। से आता ही बस गले के थोड़ा नीचे पेट थोड़ा सा ऊपर दिमाग अरे इतना ऊपर नहीं थोड़ा नीचे नीचे उसके फर्स्ट फ्लोर समझ लो अरे दिल यार वाह अच्छी सारी सुनाओ थोड़ा इंसल्टिंग फील कर रहे हैं ये तो बाली मेली है पर पर तब को तात गाना पड़ेगा ये देखो अच्छा चल ठीक है दे लिए हर मैं क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों हर थक पार तेरा बनाया था तू तु है रानी यू छीला छीला, यू शीला यू शीला यू शीला शीला शीला शीला शीला शीला ओए ये नहीं था यार। तोनी ककर का संतान नहीं भी नहीं था था यार का संतान तो इतना भी बहुत बुरा था चल शायद सुना हाँ। आवारा मत मासूम मत समझना। वक्त आने पर लाखों लोग आपके कान भर जाएंगे। पर हमारे बारे में कुछ गलत मत समझना प्यार के नाम पे बहुत कुछ कर लिया आप तो आप तो तो भी अच्छी चाल है शुक्रिया तत्लया भाई अब बात ससुर पे आई है तो हम भी थोड़ा जरूर की लगा के निकलते है हम जब सैनिटाइजर कोरोना स्पेशल की लगा के निकलते है हम जब सैनिटाइजर दूर से यही कहा जाता है वो जा रहा है दमाद ऑफ़ थोड़ा प्लस मतलब? गूगल गूगल है। में जाओ। भाई अब आपकी बारी। ससुर रोका ना होता कर जाते हम भी उस दिन गलत काम अगर तूने रोका, ना <laughs> रोका ना होता मिट जाते सारे फासले इन रिश्तों के अगर तूने हाथ पकड़ा ना होता अरे पहली गाली पे ठोक देता उस बुड्ढे को अगर वो मेरा ससुर ना होता ये <laughs> yeah! चल अब किसकी बारी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं।, नहीं। तू रहने दे वाली। सही बात है तू रहने दे। मैं तो मैं तो कान कर देगा मौतम अपना हर पहल में नहीं बताते वैसे ही मर्द अपना दर्द ही नहीं बताते दिल टूटा ही देते था। तो देते थे क्योंकि दिखे उतने अपना समझा वो एक थपना निकला